दोस्तों लक्ष्य इंस्टीट्यूट कंप्यूटर एजुकेशन के कंप्यूटर गुरु ऑनलाइन प्रोग्राम के इस में आपका स्वागत है मैं चलिए शुरू करते हैं आज का के इस अध्याय में हम सीखेंगे किसी भी कंपनी को पासवर्ड देकर प्रोटेक्ट करना हम हम सीख चुके हैं, हम हैं आइए अब सीखते पासवर्ड पासवर्ड किसी भी भी के डेटा को अगर रखना हो, यूं तो भी ये सुरक्षित होता है, किंतु और ज़्यादा सुरक्षित रखना है, और उसके साथ ही उसका पूरा डेटा कॉन्फिडें रखना है तो आप टेलीवाल पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं टेलीवाल पासवर्ड में जब भी हम कंपनी सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर कंपनी का नाम उसका फाइनेंशियल ईयर नजर नहीं आता है। जैसे हमको जो भी कंपनी खोलना है उसके लिए हम सेलेक्ट कंपनी पर गए और यहाँ पर हमें कंपनी का नाम नंबर वह फाइनेंशियल ईयर दिखाई अगर आपने किसी कंपनी को टेलीवाल पासवर्ड से सुरक्षित कर दिया है तो यहाँ पर कंपनी के नाम की जगह नजर कंपनी आपके पासवर्ड पूछा जाए पासवर्ड यदि आपके पास नहीं होगा तो आप उस कंपनी का बैकअप नहीं ले पाएंगे या उसे रिस्टोर भी नहीं कर पाएंगे आइए अब हम हम सीखते हैं हैं कि पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड कैसे यूज यूज किया जाए। करने के लिए लिए पहले उस कंपनी कंपनी को को ओपन ओपन कर कर लेते हैं, जिसके लिए हमें देना है। यहां हमने नाम की को कर रखा है इसके बाद हमें कंपनी इनको ऑप्शन में जाना पड़ेगा जिसके लिए आपको साइड इफेक्ट पता होगा कि आपकी बोर्ड से अल्टर F3 बटन प्रेस करके भी कंपनी इन्फो बॉक्स को ओपन कर सकते हैं तो मैंने अल्टरनेट की बटन प्रेस करके अपनी इन्फो बॉक्स ओपन कर लिया है यहां हमें चेंज टैली वर्ल्ड पासवर्ड का विकल्प दिखाई देता है जिस पर जाकर हम एंटर बटन प्रेस करते हैं एंटर बटन प्रेस करते ही हमें दाहिने साइड में लिस्ट ऑफ कंपनी नजर आएगी यदि आपने एक अधिक कंपनी ओपन कर रखी होगी तो आपको सारी कंपनियां यहां यहां नजर आएंगी। यहां मैंने केवल एक ही कंपनी ओपन कर रखी है इसलिए हमें एक लिस्ट में एक ही कंपनी दिख रही है इसे चुनने के बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे एंटर बटन प्रेस करते ही हमें ये पासवर्ड का एक इसके सामने बने बॉक्स में हमें अपने टैली वॉल पासवर्ड को फिल अप करना होगा मैंने यहां पासवर्ड फिल अप किया अब एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमें रिपीट न्यू पासवर्ड नाम का बॉक्स दिखाई देगा इसमें वही वाला पासवर्ड फिर से फिल अप करके एंटर बटन प्रेस करते हैं अब हमें चेंज नाम का बॉक्स दिखाई देगा जिसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम एक और बार एंटर बटन प्रेस कर देते हैं बटन प्रेस करते ही हमें साइड में में एक सूचना दिखाई देती है। मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी किसी कंपनी आप पासवर्ड पासवर्ड देंगे या को चेंज करेंगे तो टैली अपने आप एक नई कंपनी क्रिएट करेगी अठार पुराने वाली कंपनी को आपको मिटाना पड़ेगा चलिए आगे बढ़ने के लिए हम कोई सारी बटन प्रेस कर देते हैं अब हम इसके प्रभाव को देखने के लिए पहले अपनी कंपनी को सेट कर देते हैं यहां से हमने जो है को चुना और एंटर बटन प्रेस किया यहाँ दिख रहे ट्रेडर्स को कंपनी उन पर हमने एक और बार एंटर बटन प्रेस किया अब देखिए हमारी वो कंपनी बंद कर देती है कंपनी कंपनी कंपनी के लिए इनको बॉक्स में दिख रहे सिलेक्ट ऑप्शन पर हम एंटर बटन प्रेस करते हैं हैं आप यहां देख सकते तो हमें यहां पर कंपनी दिखाई दे रहा है अभी हम यहाँ से अपने नए को कर एंटर बटन प्रेस करते जैसे ही हम उस कंपनी को चुनकर एंटर बटन प्रेस करते हैं, हमें है। अब हमने जो देख पाएंगे कि हमारा अब हम अपने लक्ष्य ट्रेडर्स कंपनी का पासवर्ड पासवर्ड चेंज चेंज चेंज करना करना करने के लिए कंपनी चुना ऑप्शन को को चुनकर एंटर बटन बटन प्रेस प्रेस पड़ेगा। अभी यहां से से में मैंने लिस्ट और एंटर बटन करते ही आप देखेंगे कि यहां पर आपको करंट पासवर्ड का ऑप्शन क्यूँकी यदि ये करंट पासवर्ड आपको नहीं पता होगा तो आप पासवर्ड नहीं दे पाएंगे आ, कोई और बदलना चाहे आपका तो वो बदल नहीं सकता जब तक आपका वो वाल पासवर्ड उसे पता नहीं चलिए हम यहाँ करंट पासवर्ड में अपना पुराना वाला पासवर्ड दे लेते हैं और एंटर करते हैं। अब हमें, हमें हम जैसा की अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया की जितनी बार भी आप कंपनी में टेली वॉल्व पासवर्ड देंगे या बदलेंगे तो एक नई कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो पुरानी वाली कंपनी को हमें मिटाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ने के लिए हम प्रेस की करके आगे बढ़ते हैं अब पासवर्ड चेंज हुआ या नहीं इसे चेक करने के लिए हम सबसे पहले अपनी पुरानी कंपनी को सेट कर दे रहे हैं अब यहां से कंपनी तो वो दिख रही है और इसके अलावा और भी पुरानी कंपनिया दिख रही है जबकि नया सीरियल वाला लक्ष्य ट्रेडर्स का ये लिस्ट में दिख रहा है है आप आप आप एंटर बटन बटन प्रेस प्रेस करेंगे करेंगे अब आप अपने नए पासवर्ड को यहां पर जैसे ही कर एंटर बटन करेंगे, आप देख पाएंगे कि आपका ट्रेडर्स दिया इसी तरह यदि आपको लगता है कि आपको अपने को है, तो इसी प्रयोग में लाने के लिए जो आगे हम देखते हैं पहले अपने ट्रेडर्स ट्रेडर्स कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी को को हम हम हम हम बंद बंद कर लेते हैं। हैं। हैं। हैं। करने के के के बाद वापस आकर सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट में में जाते जाकर लिस्ट से की प्रेस प्रेस करते करते अपना नया पासवर्ड अब पुनः लिस्ट से चेंज टैली वर्ल्ड एक बार फिर चुनकर एंटर बटन प्रेस करेंगे। अब देखिए, हमें हमें हमें पासवर्ड पासवर्ड रहा है, को यहां हटाना है। को हटाना हटाने के लिए हमें अपना पुराना पासवर्ड देना पड़ेगा मैंने अपना पासवर्ड किया अब हमें नया पासवर्ड नहीं देना है इसलिए हम यहाँ पर बिना पासवर्ड दिए ही Enter button press कर आगे बढ़ जाएंगे और इसे accept करा लेंगे। देखिए जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जितनी भी बार Tally World password आप create करेंगी, change करेंगी या उसे हटाएंगे तो एक नई company बन जाएगी। यहाँ पर Tally ने 1006 नाम की serial की एक और कंपनी कंपनी कंपनी कंपनी क्रिएट कर कर ली है अब अब अब आगे बढ़ने के लिए हम हम हम हम कोई सा बटन प्रेस करते हैं हैं हैं हैं चलिए इस को पुनः पुनः बंद चेक कि पासवर्ड हटा या नहीं सेलेक्ट में जाते देखिए हमें नाम की ट्रेडर्स दिखाई दे रही है वॉल पासवर्ड नहीं पूछेगा और वो जो है तुरंत धन्यवाद